नाम डॉक्टर फुर्बान अहमद है मैं आरडीए रिप्रेजेंटेटिव हूं आरडी का और हम सारे आज एक, एक जगह इकट्ठा हुए हैं एक सॉलिडरिटी दिखाने के लिए हमारे एमपी डॉक्टर्स के साथ उनके साथ काफी गलत हुआ है तीन हजार डॉक्टर ने एक साथ मात्र रेजिग्नेशन दिया है वो अपना अराउंड छह महीने से डिमांड जेनरेट बार बार थ्रू प्रॉपर चैनल्स बार बार अपनी डिमांड को रख रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी डिमांड को नहीं सुना है हम सारे इंडिया के डॉक्टर्स उनके साथ थे और बी वोट जस्टिस फॉर एमपी डॉक्टर We want justice. We just want justice. We want justice. We stand with MP doctor. We stand with MP, MP doctor. We stand yeah. with MP yeah. doctor. India stand with In doctor. India, <coughs> <mi> India, <coughs> India stand with doctor. <coughs> India stand with doctor. Justice for MP doctor. Justice for MP doctor. Justice for MP doctor. MP resident doctor Duterte. हम तुम्हारे साथ हैं. MP resident doctor Duterte. हम तुम्हारे साथ हैं. MP resident doctor Duterte.